है। तो यहाँ पर जो सामने चल रहे दोनों बंदे खत्म एक बंदा डाउन चलो यहाँ पर भी बंदा डाउन है कहीं इसका किल वुल चोरी हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे गाइस? तो यहाँ पर जो सामने बंदा डाउन इसको भी खत्म बंदा भाई फिनिश बंदा तो यहाँ पर हमने कर दिया टोटल चार किल अभी भी मेरे को लग रहा है ऊपर बंदा खड़ा है नहीं खड़ा है लेटा है मेरे को भी पता नहीं लेकिन अभी हम इसको मारेंगे तो मारेंगे कैसे अरे कैसे तुम टेंशन मत लो हम बताते हैं ना कैसे मारेंगे इसको एक बार दिखने तो दो ऐसी मुंडी फोड़ेंगे ऐसी मुंडी फोड़ेंगे कि ये इसने सोची ना होगी तो यहाँ पर जो पहले ही हम हु बन चुके हैं और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि लाइक का पैसा नहीं पड़ता है सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है और अगर आपने सब्सक्राइब कर डाला तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और सामने है एक बंदा खड़ा और ये ये क्या कर रहा है और बंदा खत्म भैया ऐसे खड़े हो गए तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना तो यहाँ पर हमने कर करते टोटल पांच और अभी तक हमारे हमको समझ नहीं आया कि हमारे थीवा चाचा की स्किल्स क्या है यार एक तो मैं सोलो वर्ष खेल रहा हूँ और अगर मैं सोलो नहीं डोबर ऐसी डो खेलता और अगर मेरा पार्टनर मतलब मोहतरमा होती या फिर लड़का होता वो मोहतरमा होती नहीं हमारे पार्टनर <laughs> हाँ जो भी मतलब लड़का होता तो उसको जब हम हील करते तो उसको जो है ये एच पी देता और इसके साथ साथ वो जो है हील बहुत जल्दी कर लेता मतलब कि ये दूसरों के लिए अच्छा है खुद के लिए अच्छा तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी हम इसके साथ खेल रहे हैं मजबूरी का नाम है महत, मैं मजबूरी है तो खेलना तो पड़ेगा ना तो यहाँ पर जो अभी तक एक बंदा ऊपर था वो मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखा था लेकिन उसके बाद गायब हो गया चलो तो अभी हम थोड़ा डर डर के खेल रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले के पास पता नहीं कौन सी गन है और ये सब सामने फाइट चल रही है अरे भाई सब इतना मतलब बंदे का किल चोरी हो जाता और यहाँ पर जो सामने चल रही फाइट है अरे अरे ये तो यहाँ पर बंदा ए, ए, ए, मर, मर क्यूँ नहीं रहा ये तो असंभव असम्भव सला अश्व है क्या तो गाई अपन लोगों को मिला है अश्व जो कि मर नहीं रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ अरे एमओ भी खत्म होगी चलो तो ये तो भाग चुका है लेकिन वो सामने वाला बंदा इसकी मुंडी फोर अरे नहीं है तो भाई सही में मैं तो मजा कर रहा था ये सही में अश्व थामा निकला सला कौन सी जड़ू भी टिपे के, प, प, पी के बैठा है भाई एक मिनट गाई ये बहुत ही खतरनाक वाला बंदा है मेरे को इसके पास जाना होगा मेरे को देखना पड़ेगा ये क्या चीज है भाई भाई मेरे को लगा ही था ऊपर से एक गंदा आदमी मारेगा मेरे को चलो तो यहाँ पर बंदे ने गोली मारी लेकिन हम बच चुके हैं हमारे पैरों के नीचे से जो पैंट फटी है ना वहां से गोली निकली है और इस सामने जो बंदा था मेरे को पहले उसको देखना भाई ये क्या चीज है ये हमको डरा रही है इसका मतलब ये कोई खतरनाक चीज है तो यहाँ पर चलते हैं यार इस बंदे के पास और मैंने जो है सारा क्लॉक टावर छान मार लिया साल मेरे को बंदा नहीं दिखा मेरे को देखना था कौन सी गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा इतने हेडसोन मारे इतने हेडसोन मारे जोगिंदर भैया होते तो क्या बोलते इतना हेडसोन मारूंगा की बंदा खत्म हो जाएगा तब हम पकड़ा देते इस वाले बंदे को तो जोगिंदर भैया भी अचंबित रह जाते क्या बंदा ये चलो यहाँ पर मेरे को बंदा दे चुका है और मेरे को लगता है यही बंदा हो ये तो डाउन हो गया ये भाई यही था नहीं भाई ये तो नहीं था मेरे को लगता है कि ये नहीं था क्योंकि वो इतनी आसानी से मरता ही नहीं तो यहाँ पर हमको मिल चुका लेवल थ्री का बस्ता और दो ग्रेनेड मिले मेरे को नहीं ग्रेनेड तो बहुत सारे है इस पे चलो तो यहाँ पर बस्ता खाली कर देते अभी मेरे को चार ग्रेनेड मिल चुके हैं और मेडिकेट भी मेरे पे दो ही है तो मेडिकेट के लिए जगह बनाते हैं और यहाँ पर फाइनली हमको मेड कर भी मिल चुके है तो लोग ग्लौजा चलाते हैं यार ग्लोजा ग्लौजा मेरी बेस्ट है यार ग्लोजा चलाते हैं तो अपन लोगों की एंट्री हो चुकी है पीक में अपनी झुलम झुलाई करके हम ऊपर आए हैं और ये बाग, बाग, बाग, मेरे को सामने बंदा दिख गया अरे बाबा अभी मेरे को सामने बंदा दिख चुका है वो लभी हम इसको इस तरह मारेंगे इस तरह मारेंगे किसी ने सोची ना होगी अभी देखना किस तरह मारते हम इस लोगो को पहले बाहर तो निकल जाए मेरे को लगता नहीं है बाहर निकलेगा वही तो इसने हमको देखा नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को हाँ निकला ए, निकला निकला निकला निकला एक मिनट एक मिनट इसको आने देते ए ए ए ए शर्ट इसी की तो मैं बात कर रहा था भाई ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा शर्ट ही मारूंगा तो यहाँ पर बंदा खत्म लेकिन इसका दूसरा बंदा मेरे को पता नहीं कहाँ है और अगर ये पीछे से आके मेरे को मार डाली मेरे को लगा ही था मेरे को लगा ती कहा अच्छा वो सामने के साइड है चलो इसको निपटाएंगे बाद में पहले मेट गिट उठा लेते हैं ये देखो बिना मेट गिट के भैया इधर उधर डोलम डोला ही कर रहे हैं अभी तो पहले मेरे इसको दूसरे बंदे को मारना है वो अभी भी ये हमको पता नहीं कहाँ को होती लेकिन हम इस बंदे को ठोकती तो उसके बाद वो दौड़ा दौड़ा कर आती और हमको ठोकने की कोशिश करती ये देखो दिखा ये बंदा खत्म हुआ लहबी भी हमसे लड़ेगी तो कब तक झेलेगी रे हमको तो यहाँ पर सामने की साइड हो रही है रिवाइव इसका मतलब वह लहबी भी वो लहबी हमको वहाँ पर जाना पड़ेगी और उसके बाद बंदों को ठोकनी पड़ेगी पहले तो यहाँ पर देख लेते कोई मेडिकेट हमको मिलेगी नहीं मिलेगी क्यों नहीं है नहीं मिलेगी मिलेगी भाई मिलेगी तो यहाँ पर हमको मेडिकल तो बहुत सारी मिल चुकी है ग्लूवाल भी हमको मिल चुकी है और ट्रीटमेंट गन भी हमको मिल चुकी है लेकिन हम ट्रीटमेंट गन का करेंगे क्या हम ट्रीटमेंट गन का एक चीज कर सकते हैं कि हम खुद मर जाए और दूसरे बंदों को पकड़ा ले लेकिन हम मरने वाले वहां नहीं है और आपको क्या लगता है आज हमारा भुया होगा कि नहीं यार 200 सालों से हम ट्राई कर रहे भुया का लेकिन वाला, अभी, अभी तक हमको सक्सेस नहीं मिली रे इतना टाइम तो हमको जो है फैक्ट्री साफ करने में नहीं लगती जितना टाइम हमें भुया करने में लगती है तो यहाँ पर हम नीचे पहुंच चुके हैं लेकिन सारा कोई बंदा हमको दिखाई नहीं देता है और कई अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कट डालो क्यूँकी वहाँ पर अपनी फोटो वोटो डालते रहते है और अगर आपने अभी तक हमारा सोना सा चेहरा नहीं देख है, तो जल्दी से इंस्टाग्राम में जाओ और वहाँ पर आपको दिख जाएगा मेरा मुखड़ा और तो यहाँ पर सामने मेरे को बंदा दिख चुका है और इसने भी मेरे को देख लिया है न? ये लड़का है ना इसलिए फिदा नहीं हुआ अगर लड़की होती तो बॉडी ओडी देख के वैसे ही फिदा हो जाती <laughs> तो पर मेरे ने एक बंदा डाउन तो कर दिया है लेकिन मेरे को लगता है दूसरा कुछ कोई रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, तो यहाँ पर मेरे को बंदा सामने ग्रेनेड भी भी ग्रेने फेंकना चाहती थी लेकिन क्या करे उससे पहले उसने फेंक डाली रे आ जा मेरा सर ऐसा नहीं करने का यार घास बनने का यार अभी जो है मेरी वाट लगने रुक वा, भाई भाई भाई भाई, भाई, भाई जल्दी जल्दी घास बन भाई मेरे को घास बनना पड़ेगा अरे तो यहाँ पर मार देते मेडिकेट और ये बंदा बहुत ही गंदा और हमको मानने आया है बंदा अभी इसकी तो भाई भाई निकलने देते हैं इसको मेरे को लग रहा सामने से दो और बंदे भाई एक तो झेला नहीं जा रहा मेरे से दो दो बंदे मेरे को पकड़ा दे रहे और ये बंदा खत्म बाबा जी बा जी, बाप, बापी जी, बापी जी। तो हमने टोटल दस किल एक मोहत्तर बाद दौड़ दौड़ कर आ रही है और इसकी मुंडी हमने फोट डाली है चलो इसका दूसरा बंदा है वही पीछे वन वन वन कपड़ा है इसको हेड अभी इसकी बारी है मरने की रुका चाचा चा, रुचान चाचा चा, चा, चा, कहाँ जा रहे हो तुम ये भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा। तो यहाँ पर बंदा खत्म लेकिन जोन हो चुका है वाट और हमारे पास तो मेडिकेट भी नहीं है तीन मेडिकेट है वैसे मेरे पे चलो तो मेरे को लगता है हम जोन पहुँच सकते है यार मेरे को लगता है अभी भी हम पहुंच जाएंगी रे पहले मेडिकेट मार देती है उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगी नहीं धीरे धीरे चलेंगी तो घर नहीं पहुँच पाएंगी तो यहाँ पर फाइनली भाई यार हम जोर में पहुंच चुके हैं वो हभी हमको बहुत अच्छा लगी ये। तो यहाँ पर मेडिकल मार देते पहली फुर्सत में कहीं बंदा बंद भाई। भाई। भाई।, भाई भाई, भाई, भाई, भाई, भाई रुक जाओ एक मिनट ये बंदा खत्म बहुत सब गैंगस्टर भैया ने तो हमारी वाट लगा दी थी पता नहीं होती कि कितने बंदे नीचे होती तो यहाँ पर हमने कर दिए टोटल तेरह किल नौ बंदे कुल बचे हुए मेरे को मिलाकर वैसे से बचे आठ बंदे और अभी हम जल्दी जल्दी, जल्दी जाएंगे क्योंकि मेरे को पता नहीं नीचे बंदे हैं कि नहीं और हम नहीं चाहते कि आज हम मरे क्यों की क्योंकि क्यों की आज हम न्यू कैरेक्टर के साथ खेल रहे हैं ना तो यार आज तो भुया होना चाहिए यार चलो चलो चलो चाचा थीवा चाचा जल्दी जल्दी चलो ना तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या यार एक तो ये भागता नहीं यार हाँ कैली लगा के आए नहीं तो भागेंगे कैसे यार हम लोग तो यहाँ पर जो है अभी तक मेरे को कोई बंदा दिखा नहीं है और हमारे पास है ग्यारह ग्यारह टोकन और हम सोच रहे हैं आज हम ग्लूवाल लूट के आते हैं बैंक से यार एटीएम पड़ा है और हम गुल न लूटा ऐसा थोड़ी ना होता है क्या पता हमको ग्रेनेड भी मिल जाए चलो जल्दी, जल्दी जल्दी आज हम लूट करेंगे इतनी लूट करेंगे इतनी लूट करेंगे थारा भाई जोगिंदर ने सोची हक दिया हक दिया भाई यार मेरे को खेलना ही नहीं है खेलना ही नहीं भाई कोई भी आखिर मेरे को मार जा रहा है